सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप टेन क्लास है जो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अभ्यास सात दशमलव एक जो हमारा निर्देशांक ज्वामित है और इससे पिछले जो हमारे लेक्चर हैं वो आपके टॉप टेन क्लासेस के फाउंडर अंकित पाठक सर के द्वारा आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए गए हैं और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है और जाकर आप वहां से क्या कर सकते हैं वीडियो को देख सकते हैं और आपके जो सारे प्रश्न है सारे प्रश्न एनसीआर के एक तरफ से आपको सॉल्व कराए गए हैं अगर आपको कोई डाउट रह जाता है और आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा अभ्यास सात है निर्देशांक ज्वामित है तो निर्देशांक ज्वामित के बारे में हम लोग कक्षा नौ में हम लोग क्या किए थे इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ अध्ययन किए थे और उससे आगे चलकर हमारा जो अभ्यास सात दशमलव एक है कक्षा 10 का निर्देशांक ज्वामित इसमें हमसे क्या करता है दो वस्तुओं के बीच की बिंदुओं की दूरी पूछता है इसमें दो वस्तुओं के बीच के बिंदुओं की दूरी पूछता है आइए हम लोग इनके बारे में सबसे पहला जो सूत्र है जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है उसको हम लोग क्या करते हैं पहले समझ लेते हैं जो दो बिंदु होते हैं माना जैसे हमारे पास एक बिंदु है ए बिंदु है ए और एक बिंदु है बी ए बिंदु है ए और एक बिंदु है पी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की, की हमसे क्या पूछ ले दूरी पूछ ले और उनका जो हमारा ए है उसका कुछ निर्देशांक दिया रहे और बी का भी कुछ निर्देशांक दिया रहे जैसे ए का निर्देशांक मान लिया हमने यक्स और क्या है और वाई वन है और बी का निर्देशांक हमने मान लिया यक्स टू और वाई टू दिया है और इनके बीच की दूरी पूछ ले तो हम लोग क्या करते हैं जो इनके बीच की दूरी होती है उसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं उसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं तो अब दो बिंदुओं के बीच की जब दूरी पूछ रहा है तो डी इज लेस देन हमारा हो जाएगा डीज लेस देन हमारा हो जाएगा जो हमारा दिया गया बिंदु ए का निर्देश है और बी का निर्देश हो जाएगा अंडर रूट टू माइनसन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इसी पर हमारा जो अभ्यास सात दशमलव एक है वह जो हमारे सारे सवाल हैं इसी पर क्या हो जाते हैं साल्व हो जाते हैं तो आप लोग क्या कीजिए यही जो हमारा एक सूत्र है इसी को आप लोग याद कीजिए और इसी की सहायता से हम लोग जो अभ्यास सात दशमलव एक हमारा प्रश्नावली है उसके सारे सवाल जो हैं उसको हम लोग क्या कर लेंगे हल कर लेंगे तो आइए हम लोग अभ्यास सात दशमलव एक की तरफ कंटिन्यू करते हैं तो अभ्यास सात दशमलव का जो हमारा पहला सवाल है वह क्या कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युगमों के बीच की दूरिया ज्ञात कीजिए हमारा बिंदु दिया है ए दिया है और बी दिया है आपको आप कीजिए प्रश्न को पढ़िए और आइए हम लोग उसको क्या करते हैं हल करते हैं तो पहला प्रश्न है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जो पहला हमारा है पहले में पहले में भी तीन सवाल दिया है जो पहला दिया है हमारा वह दिया है दो कामा और दिया है चार कामा और कर इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो दूरी ज्ञात करने का हम लोग सूत्र जानते हैं होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस यक्स, यक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस का होल स्क्वायर यह हमारा सूत्र होता है और जो हमारा दिया गया है निर्देश इसको हम लोग मान लेते हैं a निर्देश दिया है दो कामा तीन तो हमारा जो यहाँ पर निर्देश दिया गया है तो यहाँ पर हमारा यक्ष वन का जो निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा दो और वाई वन का जो निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा तीन तथा तो दूसरा बिंदु हमारा दिया है चार कामा एक दूसरा बिंदु मान लिया हमने बी है और जिसका निर्देश दिया है चार कामा एक तो हमारा यहाँ पर यक्ष जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा चार जो हमारा यक्स टू है वह हो जाएगा चार और वाई टू बराबर हमारा हो जाएगा एक। अब हम लोग क्या करते हैं जो हमारा सूत्र है उसमें क्या करते हैं इसको रखते हैं और रखने के पश्चात क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं तो देखो क्या है यक्स टू यक्स टू को पहले रख लेते हैं तो डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट यक्स का मान हम लोगों को कितना मिला है चार माइनस यक्स वन यक्स वन का मान है दो दो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान है एक और वाई वन चिन्ह में माइनस है तो माइनस और वाई वन का मान है तीन का होल स्क्वायर तो हो जाएगा अंडर रूट चार में से दो घटा देते हैं तो बच जाता है हमारा दो का होल स्क्वायर प्लस तीन में से एक घटा देते हैं तो हमारा बच जाता है माइनस दो तो, तीन में से एक घटा देते तो हमारा बच जाता है माइनस दो अब माइनस दो का होली स्क्वायर कर देते अब इन दोनों का वर्ग कर लेते हैं दो का वर्ग करेंगे दो दूना हो जाएगा चार प्लस माइनस दो का वर्ग करेंगे दो दूना हो जाएगा चार और माइनस है तो माइनस बुढ़े माइनस बराबर हो जाएगा प्लस और चार चार क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं क्या हमारा हो जाता है आठ अब क्या करेंगे जो हमारा आठ है आठ का क्या करेंगे हम लोग वर्ग निकालेंगे तो इसका वर्ग निकालेंगे हो जाएगा अंडर रूट दो गुड़े दो गुड़े दो तो दो का देख रहे हैं तीन जोड़ा बन रहा है तो जो जोड़ा बन रहा है उसको क्या करते हैं करड़ी से बाहर लिख लेते हैं तो जाएगा दो अंडर रूट दो तो जो डी हमारा है डी बराबर आ जाएगा टू अंडर रूट टू और जो हमारा दूरी का निर्देशांग में जो दूरी का मात्रक होता है वो हमारा होता है इकाई क्या होता है इकाई होता है तो हम लोग इसका हमारा जो डी बराबर हो जाएगा दो अंदर उठ दो हो गया हमारा पहला सवाल दूसरा सवाल हमारा क्या करा है आइए हम लोग उसको देख लेते हैं तो दूसरा जो दूसरा है दूसरे का हमारा निर्देशांक दिया है माइनस पांच फिर दूसरे क्वेश्चन में दिया है माइनस दिया है तो आइए हम लोग क्या करते हैं इसके बीच की बिंदु की दूरी पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका जो d बराबर फार्मूला होता है हम लोगों को पता है d बराबर हमारा होता है जो आपको पर दिखाई दे रहा है अंडर रूट यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर जब यह हम लोगों को फार्मूला पता है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं सबसे पहले इसका निर्देश ज्ञात कर लेते हैं तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस और y1 बराबर हो जाएगा सात फिर x2 बराबर हो जाएगा माइनस एक और y2 बराबर हो जाएगा तीन हो जाएगा अब क्या करते हैं अब हम लोग इसको फार्मूला में रख देते हैं तो डी बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट टू माइनस एक्स वन तो रख देते हैं तो देखो यह हो जाएगा अंडर रूट यक्स टू का मान है माइनस फिर माइनस माइनस एक्स का मान है हमारा माइनस पांच माइनस पांच का होल स्क्वायर प्लस वाई टू वाई टू का मान है हमारा तीन माइनस और वाई वन का मान हमारा है सात तो सात का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर अब इसका होल स्क्वायर करके अब इसको अंदर को जोड़ घटा लेते हैं तो जोड़ घटा लेते हैं आइए अंडर रूट यह माइनस है माइनस माइनस का ग्रुआअ माइनस के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस पांच का होल स्क्वायर प्लस अब क्या करेंगे सात में से तीन घटा देंगे तो बचेगा माइनस चार का होल स्क्वायर माइनस चार का होल स्क्वायर अब फिर क्या करते हैं इसको ले, घटा लेते हैं पांच में से एक घटा लेते हैं तो हमारा बच जाएगा चार का होल स्क्वायर प्लस गुड़ी माइनस बराबर हो जाएगा माइनस तो प्लस है तो प्लस लिख लेते माइनस चार का स्क्वायर कर लेते हैं तो माइनस का चार स्क्वायर कर लेंगे चार चौका हो जाएगा सोलह चार चौका हो जाएगा सोलह अब इसका भी चार का स्क्वायर कर लेते चार चौके सोलह प्लस सोलह तो सोलह को सोलह में जोड़ लेते हैं सोलह सोलह हमारा हो जाता है बत्तीस अब बत्तीस का क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर का गुड़न कर लेते हैं तो गुड़नखंड आइए कर लेते हैं क्या हो जाएगा चार गुड़े चार चार चौके सोलह और सोलह दूना बत्तीस चार चौके सोलह सोलह दूना बत्तीस अब देख रहे हैं यहां पर हमारा चार का जोड़ा बन रहा है तो चार कोष्टक के बाहर लिख लेते हैं चार अंडर रूट दू मात्र आ गया हमारा चार अंडर रूट दो इसका क्या हो गया मात्रक हो गया इस प्रकार जो हमारा पहला सवाल और दूसरा सवाल दिया हुआ था वह दोनों सवाल हमारे क्या हो जाते हैं साल्व हो जाते हैं आप क्या कीजिए इसको वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के पश्चात क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है आइए हम लोग उसको हल करते हैं तो हमारा तीसरा जो सवाल है पहले का तीसरा सवाल वह आपको क्या कर रहा है पर बीच की दूरी है क्या कर रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं पी ए कामा b है और दूसरा जो बिंदु है वह माइनस ए कामा माइनस बी है तो हम लोग इसका निर्देश निकालते हैं पी का जो निर्देश हो हो जाएगा वह जाएगा ए और वाई वन जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी फिर क्या करेंगे दूसरा निर्देश निकालेंगे इसको मान लिया पी इसको मान लेते हैं क्यू तो हो जाएगा माइनस ए का माइनस बी तो यहां पर हो जाएगा हमारा यक्स टू बराबर माइनस ए और वाई टू बराबर हो जाएगा माइनस बी अब हम लोगों को दूरी का सूत्र पता है जो हमारा दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट टू माइनसन का होल स्क्वायर तो आइए हम लोग हल कर लेते हैं तो डी बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट यक्स टू यक्स टू का मान हमारा दिया है माइनस ए फिर माइनस यक्स का मान दिया है ए का होल स्क्वायर y2 y2 का मान दिया हमारा माइनस बी अब हम लोग सूत्र में जानते हैं सूत्र में होता है माइनस वाई y1 तो माइनस वाई का मान दिया है b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट अभी क्या करेंगे हम लोग इसको हल करेंगे या माइनस ए है या माइनस ए a, a, a हो जाएगा हमारा माइनस दो ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस बी हो जाएंगे माइनस दो बी का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट अब क्या करेंगे माइनस दो ए का होल स्क्वायर अब इसका भी गुड़ा दो बार कर देते हैं तो दो दूना हमारा हो जाएगा चार ए का होल स्क्वायर प्लस दो माइनस दो बी है तो दो बी का क्या करेंगे स्क्वायर है तो दो बार गुड़ा करेंगे दो दूना हमारा हो जाएगा चार बी स्क्वायर और जो हमारा यह माइनस है तो हम लोग जानते हैं जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस गुणे माइनस बराबर हमारा हो जाता है प्लस और इसी प्रकार ए भी प्लस हो गया तो और यहां पर अब क्या करेंगे देखो चार ए स्क्वायर है और प्लस चार बी स्क्वायर है तो इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कुछ हमारा कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं चार को कामन कर लेते हैं यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब देख रहे हैं जो चार है ना वह दो का वर्गमूल होता है जो चार है वह दो का वर्गमूल होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं करड़ी से बाहर निकाल लेते हैं क्या हमारा हो जाएगा दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक इस प्रकार जो हमारा पहला सवाल दिया गया था वह पहले सवाल के जो तीन सवाल थे वह तीनों सवाल क्या हो जाते हैं हल हो जाते हैं आप क्या कीजिए इसका वीडियो को पास कीजिए और वीडियो को पास करने के बाद इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल दूसरे सवाल क्या कर रहा है आपका बिंदुओं जीरो कामा जीरो और छत्तीस कामा पंद्रह के बीच दूरी ज्ञात कीजिए कह रहा है बिंदुओं जीरो कामा जीरो और छत्तीस कामा के बीच की दूरी याद कीजिए और बताइए जो दोनों शहर हैं उनके बीच की दूरी कितनी है उनके बीच की दूरी कितनी है तो आइए हम लोग इस सवाल को क्या करते हैं हल करते हैं जो कह रहा हमारा जो निर्देश दिया है सबसे पहले वह बिंदु ए मान लिया हमें दिया है 0.0 जो हमारा निर्देश दिया है एक शहर ए है और एक शहर क्या है बी है जो हमारा ए की दूरी ए का निर्देश है वह जीरो कामा जीरो है और जो बी का निर्देश है हमारा वह हमारा है छत्तीस कामा पंद्रह छत्तीस कामा पंद्रह है तो कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों शहर हैं उनके बीच की दूरी क्या कीजिए आइए हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं जो हमारा ए है जो हमारा ए है और जो हमारा बी है सबसे पहले हम लोग इसको निर्देशित करते हैं तो जो हमारा a का निर्देश हो जाएगा वह दिया है जीरो कामा जीरो तो हमारा यक्स का जो मान आएगा वह हो जाएगा जीरो और जो y1 का निर्देश हो जाएगा वह भी हो जाएगा जीरो फिर हमारा b निर्देश दिया है b निर्देश का हमारा दिया है छत्तीस कामा पंद्रह तो हमारा जो इसका यक्स का निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा छत्तीस और जो वाई का है निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा पंद्रह अब इनके बीच की दूरी पूछ रहा है तो d बराबर हम लोग रख देते हैं d बराबर अंडर रूट हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं का होल का स्क्वायर स्क्वायर प्लस बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट यक्स टू का हमारा मान दिया है कितना है छत्तीस दिया है छत्तीस माइनस यक्स वन का मान हमारा दिया है जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा दिया है 15 माइनस y1 का मान दिया है जीरो का होल स्क्वायर बराबर हम लोग फिर आगे हल करते हैं तो 36 में से जीरो घटाएंगे तो हम लोगों को 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 में से जीरो घटाएंगे तो 15 का होल स्क्वायर तो भाई हम लोग अब क्या करते हैं 36 है 36 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है तो छत्तीस का वर्ग हो जाएगा बारह प्लस पंद्रह है पंद्रह का स्क्वायर करेंगे तो पंद्रह पंद्रह में हो जाएगा दो सौ पचीस पंद्रह पंद्रह में दो सौ पच्चीस हो जाएगा अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं जोड़ लेते हैं छह पांच हमारा हो जाएगा ग्यारह ग्यारह का एक हासिल लगा एक नौ दो ग्यारह ग्यारह एक हासिल था बारह बारह का दो हो गया और हासिल लगा एक दो दो चार एक पांच हो गया फिर एक है एक तो हमारा आ गया 1521, 1521 जो 1521 सौ अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं इसका वर्गमूल निकालते हैं तो यह हो जाएगा उनतालीस का उनतालीस का गुणा उनतालीस में करेंगे तो हम लोग क्या होगा पैंतीस आ जाएगा तो इसका हम लोग क्या किया गुणनखंड कर लेते हैं तो उनतालीस गुड़े उनतालीस आ जाता है तो फिर अब उनतालीस है उनतालीस का जोड़ा बन रहा है तो इसके जोड़े के रूप में हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं तुम्हारा हो जाएगा उनतालीस मात्रक उनतालीस मात्रक इस प्रकार हमारा जो दूसरा दिया गया सवाल है वह क्या हो जाता है हल हो जाता है अब वीडियो को पॉज कीजिए वीडियो को पॉज करने के पश्चात इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए फिर आइए हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ तो तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु एक कामा पांच दो कामा तीन और माइनस दो कामा ग्यारह सनरेखी है तो हम लोग क्या करते हैं जो सनरेखी का मतलब होता है कि जो हमारा बिंदु दिया गया है तीनों बिंदु क्या हुआ आपस में बराबर हैं कि नहीं जो हमारे दिए के बिंदु हैं वह पूछ रहा है आपस में बराबर हैं कि नहीं तो उसको हम लोग बिना हल किए तो बता नहीं सकते हैं आइए सबसे पहले जो हमारा निर्देश दिया है माना हमारा जो निर्देश पहला है P है फिर दूसरा मान लिया हमने Q है और तीसरा हम लोगों ने मान लिया R है जो हमारा P का निर्देश है वह दिया हुआ है हमारा एक कामा फिर हमारा क्यू का निर्देश दिया गया है दो कामा फिर हमारा तीसरा R का निर्देश दिया गया है माइनस दो का माइनस और कह रहा है ये जो दी गए तीनों बिंदु हैं क्या ये आपस में संरेख हैं कि नहीं संरेख का मतलब होता है एक दूसरे से समान दूरी पर एक दूसरे से समान दूरी पर तो हम लोग से एक दूसरे से समान दूरी पर कब होंगे जब जो हमारा पी क्यू है और जो क्यू आर है वह आपस में बराबर होंगे जो पी क्यू की दूरी है और जो क्यू आर की दूरी है जब यह आपस में बराबर होगी तो हम लोग कहेंगे कि यह दिया गया जो बिंदु है वह सनरेख है अगर यह बराबर नहीं होगी तो हम बताएंगे यह दिया गया रेखा क्या है सनरेख है? नहीं है आइए हम लोग इसको हल करते हैं तो हमें क्या करना है इसकी बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी को दूरी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले पी क्यू से पी क्यू से पी क्यू की बीच की दूरी हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारा जो P का निर्देश है वह दिया है एक कामा पाँच तो हमारा जो यक्स हो जाएगा वह हो जाएगा एक और जो हमारा y1 हो जाएगा वह हो जाएगा पाँच फिर जो हमारा Q का निर्देश दिया है वह हो जाएगा दो कामा तीन है तो x2 का जो निर्देश हो जाएगा वह दो हो जाएगा और y2 का निर्देश क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा और d बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है x2 टू माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 टू का होल तो स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं इसको हल कर लेते हैं रख देते हैं अपने फार्मूला में तो यक्स टू का मान हमारा दिया गया है दो माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान दिया है तीन माइनस वाई वन का मान दिया है पांच का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूड दो में से एक घटा देते हैं तो हमारा बच जाता है एक का होल स्क्वायर प्लस पांच में से तीन घटा देते हैं तो माइनस दो का होली तो हो जाएगा अंडर रूट एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा प्लस माइनस दो का गुड़ा क्या करेंगे दो बार करेंगे दो दूना हो जाएगा चार तो चार में एक को जोड़ देते हैं तो चार एक क्या हो जाता है पांच मात्रक जो इसका इकाई होता है वह क्या होता है मात्रक होता है फिर हम लोग क्या किए हमने पी क्यू को दूरी निकाल लिया अब हम लोग क्या करते हैं Q से R की दूरी निकाल लेते हैं क्यू आर बराबर क्यू आर से दूरी हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं तो क्यू आर से निकालते हैं तो जो हमारा Q का निर्देश दिया गया है वह दिया है दो कामा और हम लोगों को यहाँ पर निर्देश हो जाएगा बराबर दो और y1 वन बराबर तीन और फिर इसके बाद हमारा r का निर्देश दिया गया है माइनस दो का माइनस ग्यारह तो हमारा जो यक्स का निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा माइनस दो और y2 का जो निर्देश हो जाएगा माइनस ग्यारह हम लोग क्या करते हैं दूरी का सूत्र जानते हैं d बराबर हमारा होता है यक्स टू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो हम लोग क्या करते हैं इसी फार्मूला में रख देते हैं तो d बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट यक्स टू का मान हमारा दिया गया है माइनस दो फिर सूत्र में हम लोग जानते हैं माइनस होता है माइनस यक्स का मान दिया है दो का होल स्क्वायर प्लस वाई का मान हमारा दिया है माइनस ग्यारह तो माइनस ग्यारह फिर माइनस वाई वन तो माइनस रखते हैं और वाई वन का मान दिया है तीन का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस दो माइनस दो हो जाएगा माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस माइनस ग्यारह में माइनस तेरह को माइनस तीन को जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर फिर क्या करते हैं माइनस चार का होली स्क्वायर करेंगे तो चार चौका सोलह हो जाएगा और चौदह का गुणा दो बार करेंगे एक सौ छियानबे हो जाएगा एक सौ छियानबे अब इन दोनों को हम आप लोग आपस में ऐड कर लेते हैं तो छह हो जाएगा बारह बारह का ही दो हासिल लगा एक फिर इसके बाद हमारा है नौ एक दस हासिल एक था ग्यारह हो जाएगा फिर एक यहां पर है एक तो इसका आ गया 112 मात्रक, 112 मात्रक तो हमने देखा जो हमारा पी क्यू है और जो हमारा क्यू आर है वह आपस में बराबर नहीं है जो हमारा पी क्यू है और जो हमारा क्यू आर है वह आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा दिए गए तीनों बिंदु है वह संख नहीं होंगे जो दिए गए तो लिख सकते हैं अत है दिए गए अतः दिए गए तीनों बिंदु तीनों बिंदु संरेख नहीं हैं संरेख नहीं है अतः दिए गए तीनों बिंदु क्या है संदेख नहीं है अगर यही जो हमारी बीच की दोनों की दूरी थी वही समान आ जाती तो हमारा का जो दिया गया निर्देश का बिंदु था वह क्या हो जाता संदेख हो जाता तो आई होप आपको समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग चलते हैं चौथे सवाल की तरह तो चौथा सवाल हम कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु पांच का मा छह कामा चार और माइन सात कामा माइनस दो एक समु त्रिभुज के शीर्ष त्रिभुज आप लोगों के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं सम त्रिभुज क्या होता है जो समिबाहू त्रिभुज होता है उसमें दो भुजाएं उसकी क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए जो उसकी दो भुजाएं हैं वह क्या होना चाहिए समान होना चाहिए उसे हम लोग कहते हैं सम त्रिभुज और एक भुजा होती है जो असमान होती है एक भुजा असमान होती है और दो भुजा समान होती है उसे हम लोग कहते हैं सम त्रिभुज तो कह रहा है हमारा सवाल में जो चौथा सवाल है हमारा कह रहा है कि जांच कीजिए कि निर्देश दिया है हमारा इसको मान लिया ए दिया गया है कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया है ए बी सी फिर कह रहा है कि जांच कीजिए कि जो निर्देश है पांच कामा और जो बी का निर्देश है वह छह कामा चार. और जो C का निर्देश है वह सात कामा दो सात कामा माइनस दो निर्देश दिया है और कर रहा है एक समिबाह त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आइए हम लोग क्या कर लेते हैं इसको हल कर लेते हैं हल करने से पहले हमने आपको जो बताया कि जो है कर रहा है सम त्रिभुज होना चाहिए तो सम त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें दो भुजा उसके समान होने चाहिए हम लोग हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं ए से बी की बीच की दूरी निकालते हैं तो लिखेंगे ए बी से तो जो हमारा ए का निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा निर्देश दिया पांच का माइनस दो तो ये बराबर हमारा हो जाएगा पांच और वाई वन बराबर हो जाएगा माइनस दो फिर बी का निर्देश हमारा है छ का मार तो हमारा जो यक्सू का निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा छ और वाई टू का निर्देश हो जाएगा चार और हम लोग डी बराबर सूत्र जानते हैं बीच की दूरी निकालने का डी बराबर अंडर रूट यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर हम लोग हल कर लेते हैं बराबर अंडर रूट टू का हमारा जो मान दिया है वह है हमारा छ माइनस यक्स वन का मान है हमारा पांच का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान हमारा है चार माइनस और वाई वन का मान हमारा माइनस दो का होली स्क्वायर हल कर लेते हैं अंडर रूट छ में से पांच घटा देते हैं तो बच जाता है एक का होल स्क्वायर प्लस अब क्या है अंडर चार है माइनस बुढ़े माइनस बराबर प्लस दो का होल स्क्वायर बराबर अब एक का क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा अब चार में दो को जोड़ देते हैं चार दो हमारा हो जाता है छ और छह का स्क्वायर कर लेते हैं छ छवा हो जाता है छत्तीस तो हो जाएगा एक और छत्तीस हो जाएगा अंडर रूट सैतीस मात्रक अंडर रूट सैतीस मात्रक यह हमारा दूरी हो गया एबी के बीच का अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे बीसी की बीच की दूरी निकालेंगे अब हम क्या करेंगे बीसी की बीच की दूरी निकालते हैं तो आइए हम लोग बीसी की बीच की भी दूरी क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं तो जो बीसी की बीच की दूरी है बी सी से बी सी से तो जो B का निर्देश दिया है वह दिया है छ कामा चार तो हमारा जो यहां पर येगा छाई वन हो जाएगा हमारा कितना चार फिर हमारा दिया है सी का निर्देश वह दिया है सात का मान दो तो यू बराबर हो जाएगा सात और वाई टू बराबर हो जाएगा माइनस दो अब क्या करते हैं इसके बीच की दूरी को निकाल लेते हैं तो हो जाएगा हमारा इसके बीच का दूरी डी बराबर अंडर रूट यक्स टू यक्स टू का मान दिया है हमारा कितना सात क्स का मान है हमारा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा दिया है माइनस दो फिर माइनस y1 का मान हमारा दिया है 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट सात में से 6 घटा देते हैं बचता है का होल स्क्वायर प्लस माइनस दो ए है माइनस चार है तो माइनस छ का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर कर देते हैं तो जाता है एक प्लस माइनस छ का गुड़ा दो बार करते हैं छछवा क्या हो जाता है छत्तीस छछवा के छत्तीस हो जाता है तो छत्तीस में एक जोड़ देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है अंडर रूट सैतीस मात्र अंडर रूट सैतीस मिल जाता है तो आप लोग यहां पर ध्यान दे सकते हैं कि जो कह रहा है सवाल में कि समबाहू त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं तो आप लोग अब देख सकते हैं जो हम लोगों ने बताया कि जो त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो हमने ए बी और बीसी के बीच की दूरी निकाला जो ए बी और बीसी के बीच की दूरी निकाला ये दोनों आपस में इक्वल है ये दोनों आपस में इक्वल है तो अतः हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर BC, AB बराबर BC सी दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम लोग कहेंगे AB बी बराबर BC सी समद्विबाहू त्रिभुज के शीर्ष हैं सम दिबाहू त्रिभुज के शीर्ष हैं सम दिबाह त्रिभुज के शीर्ष हैं क्योंकि इनकी दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर हैं तो इस प्रकार आपका जो चौथा सवाल है वह कंप्लीट होता है अब क्या कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के पश्चात क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए फिर इसके बाद हमारा जो आगे के सवाल हैं उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड डू लाइक and hit the subscribe button and i will just next video thank you for so watching jai hind jai bharat